ये देखिए ये देखिए इस तरह का गाना इन लोग बनाता है लहंगा में बाढ़ नदी नाला भूल जाइए बहनचोद लहंगा में बाढ़ आएगा रात भर हिलाया है फिर बुलाया है राजा जी चली थ्रीसम करे देखिए थ्रीसम तक पहुंचे चोली फिंगर प्रिंट वाला बुलेट प्रूफ चोली जब चाइना से युद्ध होगा तो चोली दे दो सबके सला बुलेट प्रूफ चोली बनाया ही नहीं डंटा हिलावा आधा घंटा के दुनिया मेरे पास कुछ पहले nice. सबसे नाइस सबसे सबसे सबसे अच्छा, सबसे सबसे और सबसे ठरकी गाना कहाँ पे बनता है बिहार में यानी कि भोजपुरिया गाना जिस गाने में कहा जाता है एक गाना मैंने सुना था तो हर दोनों इंडिकेटर और एक मैंने सुना था कड़वा तेल